बाग भ्रमण क्षेत्र में मछली पकड़ने पहुंचे दो युवक पानी के बहाव में फंस गए जब ये युवक कलियासौत नदी पर पहुंचे तो पानी ना के बराबर था लेकिन इनके नदी की चट्टान पर पहुंचते ही कलियासौत डेम के गेट खोले गए जिससे पानी का तेज बहाव आ गया और फंस गए जिन्हें बाद में रेस्क्यू करके बचाया गया भोपाल में हो रही बारिश की वजह से जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है ऐसे में भी मछली पकड़ने वाले अपनी से बाज नहीं आ रहे कलियासौत डैम के पास बाघ भ्रमण क्षेत्र में कलियासौत नदी में मछली पकड़ने पहुंचे दो युवक नदी के बीच एक चट्टान पर बैठकर मछली पकड़ रहे थे तभी कलियासौत डैम का जलस्तर बढ़ने से उसके गेट खोल दिए गए अचानक नदी में पानी बढ़ने लगा और ये दोनों युवक पानी के बहाव में चट्टान पर फंसे रह गए वहाँ मौजूद लोगों ने इनका वीडियो बनाकर वायरल किया घटना की भनक लगने पर फायर स्टेशन से टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने इन युवकों को बचा लिया इस दौरान डैम के आसपास मछली पकड़ रहे लोग टीम को देखकर अपने जाल छोड़कर फरार हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने जाल भी जब्त किया और पकड़ी गई मछलियों को वापस डैम में छोड़ दिया फायर ब्रिगेड अधिकारियों का कहना है कि भदबदा कलियासौथ केरवा डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है इसके बाद भी यहाँ पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए इसी वजह से लोग